वेलकम टू माय चैनल क्लास टेंथ बिहार बोर्ड साइंस विज्ञान के प्रश्नोत्तर दो हज़ार के हैं प्रश्नों को देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्सीजन का वाहक क्या है तो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं बाबू आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल लाल रक्त कड़ी का इट ब्लड से वह आपकी बॉडी की सिपाही होती है जो बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों को आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं करने देती है लशिका लिम्फ, मानव की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक द्रव है अब समझते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन से कार्बन तो कार्बन क्या होता है अधातु होता है इसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आप देखते हैं बाबू नॉन मेटल्स अधातु नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वो विद्युत और उष्मा के कुचारक होते जैसे ये छड़ आपको दिख रही है इसमें जो छड़ होती है इसके अंदर एक छड़ होती है कार्बन की जो होता है अधातु मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को उसमें और विद्युत के सुचालक होते हैं जैसे आपको ये चार्जर दिख रहा है ताला दिख रहा है शटर दिख रहा है ये विद्युत के सुचालक हैं अगर इन पर विद्युत धारा प्रवेश कराई जाए तो करेंट मार देगा मिटलाइट्स उपधातु उपधातु क्या होते हैं ऐसे जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसे सिलिकॉन एंटीमनी आर्सेनिक ये सब उपधातु कहे जाते हैं इलाय यानी कि मिश्र धातु धातुओं की एक निश्चित अनुपात से जब नए पदार्थ बनते हैं तो उन्हें मिस्र धातु कहा जाता है जैसे ब्रॉन्ज सोल्डर, पीतल स्टेनलेस स्टील अगला क्वेश्चन से अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ली जरा इन शब्दों को समझते हैं बाबू तो हम समझेंगे बाबू कि अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिक और मिनरल ऑर्गेनिक और मिनरल होते हैं अब थोड़ा एसिड को समझते हैं एसिड्स क्या होते हैं तो ऐसे सब्सिटेंट जो टेस्ट में सौर यानी कि खट्टा होते हैं नाम सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड लैक, लैक्टिक एसिड अब वो जो एसिड एनिमल और प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बेस क्या होता है ऐसे सस्टेंस जो बीटल टेस्ट में होते हैं अर्थात कड़वे होते हैं और लेकिन याद रखना चाहिए कि जो वाटर में शोलूबल होते हैं उन्हें हम लोग छाड़ कहते हैं जैसे Na2O, CaO टू कैल्शियम ऑक्साइड NaOH एच कैल्शियम हाइड्रा ये सब बेस हैं एक सामने एक बेस का फोटो दिया गया है ये सरफ़ है सोडा ऑर्गेनिक एसिड्स जो प्लांट और एनिमल में प्रजेंट होते हैं सिट्रिक एसिड में जैसे आ जाइए आपको सिरका सॉरी एस्टिक एसिड में सिरका सिट्रिक एसिड में खट्टे फल नींबू संतरा हो गया लैक्टिक एसिड में दूध दही और टाइटरिक एसिड में आपका आ जाएगा इमली ये फोटो देखिए सिट्रिक एसिड और इसमें भी पाया जाता है सिट्रिक एसिड मिनरल एसिड क्या होते हैं मिनरल एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैटरी का पानी इसमें एस्टोसुफोर डाला जाता है ये मिनरल एसिड कहे जाते हैं एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन इसका ऑप्शन होगा C6H6, यानी कि बेंजिन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की मिलने से जो बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं अगला क्वेश्चन से अक्रिय गैस तो अक्रिय गैस में हो जाएगा आपका हीलियम। हीलियम में अक्रिय गैस है अब देखते हैं कि इनॉट गैस अक्रिय गैस, गैस नोबल गैस कौन कौन होती हैं तो ये सिक्स होती हैं हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन और रेडॉन पौधों में श्वसन तो बच्चों पौधे जो होते हैं श्वसन जड़ पत्ती तना सभी से करते हैं अर्थात आपका उत्तर होगा डी दी। डी इज कॉरेक्ट ऑप्शन जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं बाबू कि ये जो पौधा है यह सारे पौधे जो होते हैं जड़ तना पत्ती तीनों से श्वसन करते हैं ये लगभग उनमें गुण पाया ही जाता है अगला है कि उपधातु तो उपधातु कौन सा होगा तो आप जानते हैं ये क्या है कॉपर तो कॉपर मेटल से ये क्या है आपको ए लोहा और एन ए जो लोहे के जैसा ही होता है तो आपका होगा इसमें उत्तर होना चाहिए था एस बी यानी कि सी उत्तर होना चाहिए था असंस्तृप्त हाइड्रोकार्बन तो बी जो है एक असंस्तृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है अब समझते हैं बाबू कि अगर एक कार्बन परमाणु होगा तो उसे मेथ कहा जाता है दो कार्बन परमाणु होगा तो एथ कहा जाता है तीन होगा तो प्रोप चार कार्बन परमाणु होगा तो ब्यूट पांच कार्बन परमाणु होगा तो पेंट कहा जाता है उसी तरह सिक्स कार्बन परमाणु होगा तो हेक्स सेवन कारमा कार्बन परमाणु होगा तो शेप्ट, एट कार्बन परमाणु होगा तो ऑक्ट और नाइन होगा तो नौ और दस होगा तो डेकेन, उनका नामांकन किया जाता है मेथ, एथ पेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं? तो पूछा गया है कि सोपोसी कौन है तो हरे पौधे जो होते हैं सोपोसी होते है। सो उन्हें कहा जाता है, है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ह्यूमोग्लोबिन किसमें नहीं पाया जाता है तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है मनुष्य की आहार नाल का अवशेषी अंग अवशेषी अंग उन्हें कहा जाता है जो अब मनुष्य में किसी विशेष कार्य को करने में समर्थ है यानी कि अब वो बेकार हो चुके हैं जैसे आपका उत्तर हो जाएगा बी अपेंडिक्स ट्रैप्सिन एंजाइम ट्रैप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है ऑप्शन सी सर्करा का स्तर नियंत्रित करता है तो कौन इंसुलिन इंसुलिन सरकरा की ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो नहीं किया जाता है तो वो आपका हो जाएगा ब्रश यानी कि पीतल जैसे आप देख रहे हैं कि ये लेंस बनाने में इसका तो लेंस बनता ही है और ये शीशा इसमें किसी वस्तु को देखा जा सकता है अपवर्तन के लिए सही है पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ये क्वेश्चन होना चाहिए था तो ये हो गया ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार दो यानि कि बी ये बाबू प्रकाश के अपवर्तन की सॉरी प्रकाश के अपवर्तन की घटना सही है। जब सन सन की लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ बिंड हो जाती है झुक जाती है जिसे हम अपौरतन कहते हैं अब पूछा गया है कि किसी वस्तु का किसी वस्तु का जिस भाग पर इमेज बनता है इमेज प्रतिबिंब बनता है वो है तो वो होगा आपका रेटिना रेटिना पर किसी वस्तु का इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है जैसे आप आँख के चित्र को देखिए इसके श्वेत भाग को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं इसके काले वाले भाग को काले वाले भाग को कारनिया और यहाँ छोटा सा आयरिस होता है जो आपको आंखों को नियंत्रित करने में मदद करता है अगला क्वेश्चन मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है तो वो है आपको कार्बोहाइड्रेट मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है प्रोटीन क्या होते हैं तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं आपके शरीर को बिल्ड करते हैं कि कोशिकाओं को निर्मित करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जैसे ग्लूकोज और वशीय पदार्थ सॉरी वसा वशीय पदार्थ होते हैं जो तेलिय वस्तुओं में पाए जाते हैं जैसे कि बादाम नारियल तीसी सरसों ये सब में पाए जाते हैं, हैं। अगला क्वेश्चन से कि कौन हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाता है अब देखते हैं जरा हिमोग्लोबिन एक अब देखते हैं बाबू कि हारमोन्स तो हारमोन्स दो होते हैं प्लांट हारमोन्स और एनिमल हारमोन्स प्लांट में जो हारमोन्स पाए जाते हैं ऑक्सिन जीवेलिन साइटोकाइनिन एफसीसी और एथिलीन यानी कि मुख्य रूप से पांच हार्मोन्स पाए जाते हैं एनिमल्स में खासकर मनुष्य में इंसुलिन एंड्रोजेन एंड्रेल्स टेस्टेस्ट्रॉन जो कि वृषण पाया जाता है नीरो पाइनफ्रीन इंसुलिन कहाँ पाया जाता है अग्नाशय में पाया जाता है जो सरकरा को नियंत्रित करता है डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है जॉन्डिस गंदे जल के सेवन से एनीमिया खून की कमी की बीमारी है और डायरिया गंदे जल से होने वाली बीमारी है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो वो होती है तंत्रिका कोशिका किसी माध्यम के अपवर्तनांग का मान होता है तो बाबू इसमें उत्तर होना चाहिए आपका बी साइन आईन साइन आई बटा में साइन आर होता है अपवर्तनांग क्या होता है जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो कुछ मुड़ जाती है कुछ मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है इसे ही हम लोग हैं अपौनांग जितना मूर्ति है नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि थोड़ा अपवर्तन को समझते हैं सॉरी अपवर्तन को समझते हैं तो कह रहा है कि लाइट जब पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो थोड़ी मुड़ जाती है जिसे हम लोग नाम देते हैं अपवर्तन देख रहे हैं कि एयर से लाइट वाटर में जब प्रवेश कर रही है तो कुछ मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है इसकी घटनाओं के प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं जैसे चाशनी में रखा हुआ रसगुल्ला आपको कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत दिखता है उसी प्रकार पानी में कोई वस्तु रखी जाए तो वो भी आपको थोड़ी बड़ी प्रतीत होती है तो ये सब अपवर्तन के ही उदाहरण हैं अब देखते हैं अपवर्तन के दो नियम होते हैं इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी एक ही बिंदु पर होते हैं ठीक है फर्स्ट लॉ है यानी कि वहीं आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं सेकेंड लॉ है कि स्नेल लॉ भी कहते हैं साइन आई वाटा में साइन आर क्या है कि अपवर्तन कोण की जया यानी कि एंगल और आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अनु नियतांक होता है तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है तो हम पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में जो तुलना करते हैं तो उसे ही कहते हैं अपरता ये मुख्य रूप से दूसरे माध्यम पर ही डिपेंड करता है